and welcome back to Crafty news channel so guys, दुबल दुबल so guys guys tripod tripod tripod triple चीज हो गई थी so उसका भी मैं आपको बताऊंगा जरूर देखना की ये ट्राईपोर्ड लेना वर्डिट है की नहीं है

तो गाइज़ ये है ट्राईपोड और इसका मैं आपको देता हूँ एकदम 360 व्यू ऊपर से और नीचे से हर जगह से इसका व्यू हो जाता है एंड गाइज ये जो ट्राईपोड है ना ये बहुत मस्त है बट तो इसमें एक दिक्कत है इस ट्राईपॉड से बात करने से पहले यहाँ एक हादसा हो चुका हो चुका था ये ना टूट गया है इधर से मतलब एक स्क्री निकल गया तो ये जुगाड़ है इसका तो प्लीज़ इस जुगाड़ को ना देखें बस आगे देखें

तो गाइज़ ये जो ट्राईपोड है ये मैंने फाइव हंड्रेड रुपीज़ में ख़रीदा था बाई अमेजोन ऑफर एंड रेस्टोरेंट कोट वगैरह लगा लगा के सो so गाइज़ ये जो ट्राईपॉड है ना ये ट्राईपोड बहुत मस्त है क्योंकि इसकी जो मैक्सीम हाइटम मैं आपको वो खोल के दिखाता हूँ एक सेकेंड गाइज बस यहाँ पर आपको एक नीचे ये ऐसे करके खोलना पड़ता है जिसमें आप हाइट एक्सटेंड कर सकते हो जिससे अभी इसकी हाइट एक्सटेंड हो रही है गाइज वन सेकेंड आई एम स्टॉपिंग द वीडियो सो

मैं इसे बड़ा करके देन आपको पूरी मैक्सिमम हाइट के साथ इसको दिखाता हूँ चुका इतना बड़ा हो जाता है और ये मेरी हाइट का है मतलब कुछ पाँच फीट का होगा ये आराम से ये आप देख सकते हो अगर मैं आपको दिखाऊँ पीछे करके एक सेकेंड तो आप देख सकते हो ये ऐसे मूव होता है देन ऐसे भी मूव होता था बट वो जो जु जुगाड़ है उसकी वजह से नहीं होता अभी

जो हुआ था लेने इस पे आपको ये मिल जाता है जो कि ना एक फ़ायदा है इसमें देखो इसको आप ऐसे तो घुमा ही सकते हो जैसे ये एक नॉर्मल तरीका होता है घुमाने का ये वाला बट आप इसको ना सीधा करके जब भी घुमा सकते हो रोटेट कर सकते हो तो ये वाली जो चीज़ है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी

उसके अलावा ये जो ट्राईपॉर्ड है ना ये आपको अमेज़ोन का नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा अमेज़न वगैरह और फ्लिपकार्ट की लिंक्स जो होंगी इसकी वो मैं आपको दे दूँगा उसके अलावा ये आ, ऐसे भी हो जाता है इस आ, ये इतना लंबा भी हो सकता है अगर आपको सपोज़ करो थो थोड़ा ज़्यादा आई होता हो तो आप उसे ऐसे कर सकते बट इसमें रिस्क है यही दिक्कत होती है एंड मैं आपको उससे व्यू दिखाने वाला हूँ अभी फ़ोन को अटैच करके इससे देखो इस कैमरे का व्यू दिखाता हूँ तो ये मेरी हाइट तक ही पहुँच रहा है

सो so वैज़ ये मेरी हाइट तक का है तो गाइज़ सही है मेरे लिए रिकॉर्ड करना तो मुझे अपना फेस वेस दिखाना है तो सही है एंड इतनी मैक्सिमम हाइट होने के साथ साथ जो इसकी हाइट है उसके अलावा ये ना मूवेबल भी है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मूवेबल है सो so आप इस कमरे का व्यू देख ही सकते हो मेरा वैसे मेरा रूम नहीं है सेटअप वाला बट यहाँ मैं वीडियोज़ बना लेता हूँ कभी कभी तो आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सॉरी गाइ कि यहाँ पर आपको कैसा व्यू मिल रहा है व्यू मिल रहा है

और वैसे जैसे आपको सेट करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि इसका ये जो इसका से ब्लैक साइड मारा है इसे तो मैंने अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए सेट करा और इसको ना मूव मैं कर रहा हूँ बट ये बहुत ही टेप लगा हुआ है तो ज़्यादा मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो ऐसा है देन इसकी मैं आपको मीडियम हाइट दिखा देता हूँ एक सेकेंड मीडियम हाइट पर ये कुछ आपको इतना व्यू देगा ये देख सकते हो आप ऐसा कुछ व्यू दे सकता है आपको मीडियम हाइट पर बस व्यू नहीं दिखाते हैं लोग कि व्यू कैसा दे रहा है

क्योंकि व्यू से आपको थोड़ा वो मिल जाता है इसमें क्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ता बट थोड़ा हैंडलिंग का फ़र्क पड़ता है तो इस लोएसट सबसे ज़्यादा जो कि एक्चुअल साइज़ रहता है इसका मैंने अब सबसे लोएस्ट दिखा रहा हूँ और ये इसका मैंने वो ऊपर पाइप जब से ऊपर नहीं कर रखा है मैं नॉर्मल वाला दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो अच्छा खासा व्यू मिल जाता है अगर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है

So, ये आ, मुझे तो अच्छा लगा अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पर्सनल लिस्ट के बारे में क्या चीज़ है और कैसा लगा मुझे क्योंकि मैं तो इसे तीन चार महीने से यूज़ कर रहा हूँ सो so, बस चलिए अब उस पार्ट पे चलते हैं पर्सनली yes, मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इसे बहुत टाइम्स यूज कर रहा हूँ इससे मैंने वीडियोज भी रिकॉर्ड करिए आप देख सकते हैं वो मैं दे दूँगा कैप्शन में आई क्या सर बटन आ रहा होगा

कैप्शन में तो नहीं दूंगा ये में दे दूंगा सो वैस ये वाली जो वीडियो uh, इससे मैंने जो बनाई वो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे और एक काफ़ी अच्छा है मतलब आप एक बाय कर सकते हो अगर आप एक यूट्यूबर हो प्रोफेशनल हो तो दूसरा महंगे आते हैं वो बाय कर सकते हो आपको 600-700 सात सौ रुपये में आराम से अमेजन में मिल जाएगा ऑफर चलेंगे तो और सस्ता मिल सकता है छह सौ पाँच सौ रुपये का तो so, बस uh, आज की वीडियो आज की वीडियो के अंदर हमने रिव्यू करा है ट्राई कॉड ट्राई पॉड सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय